भारतीयों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो प्यारे विभ्यार्थियों हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक राजस्थान जीके की नई क्लास जहां पर हम आपसे 30 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि दोस्तों सीधे बीएसटीसी और राजस्थान की कई अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं देखते हैं दोस्तों आप तीस में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को विद्यार्थियों आपका पहला प्रश्न है लोक देवता तेजा जी खंडनाल के किस वंश से थे लोक देवता तेजा जी खंडनाल के किस वंश से थे ऑप्शन चंद्रवंशी है अग्निवंशी है नागवंशी है या मेघवंशी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो लोक देवता तेजा थे वह खंडल के नागवी नागवंशीय वंश से थे ठीक है ना दोस्तों दूसरा प्रश्न है कौन से लोग देवता जीवित पीर माने जाते हैं ऑप्शन पापू गोगाजी तेजाजी या रामदेव जी तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोगाजी को जीवित पीर माना जाता है और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि कि किस लोक देवता को पीर माना जाता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामदेव जी को और यदि जीवित पीर पूछे तो दोस्तों गोगा जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको तीसरा प्रश्न है लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं ऑप्शन लक्ष्मण कृष्ण राम या अर्जुन तो इसका सयत्र हो जाएगा ऑप्शन बी लोक देवता रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं चौथा प्रश्न है लोक देवता वीर वापसी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है ऑप्शन काला टोकरा पीला टोकरा सफ़ेद टोकरा या उपयुक्त सभी तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक देवता वीर वापसी का मुख्य मंदिर काला टोकरा में स्थित है ठीक है न दोस्तों याद रखना इसको पांचवा प्रश्न है लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था ऑप्शन लीलन करड कावरा लीलोना या पीलानो तो दोस्तों इसका सत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो लोक देवता मेहाजी थे उनके घोड़े का नाम किरड कावरा था ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको छठा प्रश्न है किस लोक देवता के आशीर्वाद से राब जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया था ऑप्शन बाबूजी रामदेव जी, राम जी हड़बू या गोगाजी तो दोस्तों इसका सत्र हो जाएगा ऑप्शन सी हड़बूजी के आशीर्वाद से राब जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया था सातवां प्रश्न है लोक देवता गोगाजी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं ऑप्शन केसरिया कुंवर कर्णी भंवर मेहाजी या भंवर सिंह तो इसका सही अत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरिया कुंवर को लोक देवता गोगाजी का आत्मीय पुत्र माना जाता है ठीक है ना दोस्तों आठवां प्रश्न है नक्टी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है ऑप्शन उदयपुर जोधपुर जयपुर या बीकानेर तो दोस्तों इसका सत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नक्टी माता का मंदिर साथियों जयपुर में स्थित है नवा प्रश्न है सुगाली माता किसकी कुल देवी है ऑप्शन सिर्वी जाति की आउआ के ठाकुर परिवार की पालीवाल ब्राह्मणों की या ओसवालों की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आउआ को ठाकुरों की सुगली माता कुलदेवी है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको दसवा प्रश्न है वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है ऑप्शन ब्राह्मणी माता का मंदिर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर शाकम्बरी माता का मंदिर या शिला देवी का मंदिर तो उप्षन ए। उप्षन ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों वह एकमात्र मंदिर है जहां पर देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है ठीक है ना दोस्तों ग्यारहवा प्रश्न है लोक देवी कैला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया ऑप्शन गोपाल सिंह जयपाल सिंह मदनपाल पाल व पवनपाल तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल सिंह द्वारा लोक देवी कैला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था ठीक है ना दोस्तों और जो दोस्तों लोक देवी कैला देवी का मंदिर है वो करौली में है इसको भी याद रखना साथियों। हूँ प्रश्न है बंदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में है ऑप्शन जालौर भीलवाड़ा अजमेर या जयपुर तो दोस्तों इसका सर हो जाएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा में बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर स्थित है तेरवा प्रश्न है तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस देवी की पूजा की जाती है ऑप्शन पथवारी माता रानी सती जिलानी माता या सकर माता तो दोस्तों इसका सत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तीर्थयात्रा की सफलता की कामना हेतु तो राजस्थान में जिस देवी की पूजा की जाती है उसका नाम है साथियों पथवारी माता याद रखना इसको चौदवा प्रश्न है मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है मारवाड़ क्षेत्र की जनता की साथियों आराध्य देवी कौन सी है बताना है आपको ऑप्शन अंबिका माता जामुबाई माता आवाड़ माता या सुगाली माता तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुगाली माता मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है पंद्रह प्रश्न है चौथ माता का मंदिर किस जिले में है ऑप्शन सिरोई पाली सवाई माधोपुर या नागपुर नागौर तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर स्थित है ठीक है ना साथियों याद रखना इसको सोलहवा प्रश्न है जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन थी जैसलमेर के जो भाटी शासक थे उनकी कुलदेवी कौन थी ठीक है ना दोस्तों बताना है आपको ऑप्शन तनोटिया माता करणि माता स्वांगिया जी माता या छीख माता तो प्यारा भा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वांगिया जी माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है ठीक है ना दोस्तों सत्रहवा प्रश्न है चौहान वंश की कुल देवी है ऑप्शन चामुंडा देवी लटियाला देवी तनोटिया देवी या साकम्बरी देवी तो दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी देवी कौन सी है बताना है आपको तो इसका सयत् हो जाएगा ऑप्शन डी साकम्बरी देवी चौहान वंश की कुलदेवी है अठारहवा प्रश्न है साकम्बरी का एक मंदिर सांभर में है तो दूसरा कहाँ पर है जो दोस्तों साकम्बरी माता है उसका एक मंदिर सांभर में है तो दोस्तों बताना है आपको कि दूसरा मंदिर कहाँ पर है ऑप्शन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भुज गुजरात में रतलाम मध्य प्रदेश में या झुंझुनू राजस्थान में तो साथ ही उसका सयत् हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शाकम्बरी माता का दूसरा मंदिर है ठीक है ना दोस्तों गुन्सा प्रश्न है जामुबाई माता का प्राचीन नाम क्या था जामुबाई माता का प्राचीन नाम क्या था ऑप्शन जौहरवती कलावती जामबंती या सेठानिया तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी जामबंती जामवाई माता का प्राचीन नाम था ठीक है ना साथियों याद रखना इसको बीसवा प्रश्न है शीतला माता की सवारी है शीतला माता की सवारी है ऑप्शन उल्लू घोड़ा गदा या शेर तो दोस्तों शीतला माता की सवारी ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गधा शीतला माता की जो सवारी है वह गधा है ठीक है ना साथियों 21वां प्रश्न है कौन सी लोक देवी नाप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है नाप विमोचनी देवी के रूप में कौन सी देवी विख्यात है ऑप्शन सीता माता सावित्री माता गायत्री माता या भद्रा काली दोस्तों जो नाप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है वह ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा गायत्री माता नाम विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है ठीक है ना साथियों बाईसवा प्रश्न है धदी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है ऑप्शन नागौर बाड़मेर चित्तौड़ या जयपुर तो दोस्तों बताना है आपको कि धदी माता का जो मंदिर है राजस्थान के किस ज़िले में है तो इसका सही अत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धदी माता का मंदिर साथियों जयनागौर में स्थित है ठीक है ना साथियों तेसरा प्रश्न है किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं ऑप्शन अर्बुदा देवी भद्राकाली दांत माता या चौथ माता तो दोस्तों किस देवी को अधर देवी भी कहते हैं सर ऑप्शन ए अर्बुदा देवी को साथियों अधर देवी भी कहा जाता है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको साथियों आपका 24वां प्रश्न है लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था ऑप्शन सिला शिला देवी सीता लक्ष्मी या नारायणी तो दोस्तों बताना है आपको कि रानी सती का जो वास्तविक नाम था वो क्या था ठीक है ना साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो लोक देवी रानी सती है उनका वास्तविक नाम नारायणी था ठीक है ना साथियों पच्चीसवा प्रश्न है नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है जो नवरात्रा का दोस्तों प्रसिद्ध मेला लक्खी मेला है वह लोक देवी से संबंधित है ऑप्शन कैला देवी कर्णी माता शीतला माता या नागनेची तो दोस्तों इसका सही तार है ऑप्शन ए जो नवरात्रा का प्रसिद्ध लक्खी मेला है वह लोक देवी लोक देवी कैला देवी से संबंधित है ठीक है ना साथियों याद रखना इसको छब्सा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है ऑप्शन सीख माता शिला माता आवरी माता या हिडम्बा माता तो निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है बताने साथियों आपको तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिडम्बा माता है जो दोस्तों राजस्थान की लोक देवी नहीं है ठीक है ना साथियों तो सत्ताईसवा प्रश्न है आपका कि हाड़ाओं की, की कुलदेवी कौन है हाड़ाओं की कुलदेवी कौन है ऑप्शन ढाड़ देवी आशापुरा माता निमज माता या ब्राह्मणी माता तो साथियों इसका सैथर है ऑप्शन बी हाड़ाओं की कुलदेवी आशापुरा माता है ठीक है ना साथियों अट्ठाईसवा प्रश्न है जीन माता के सीकर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जीर्ण माता के सीकर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण है जो दोस्तों किसने करवाया था ऑप्शन राव, राजा जयसिंह राजा हट्ट या कोई नहीं तो बताना है आपको कि सीकर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका सही थर है ऑप्शन सी राजा भट्ट ने जीन माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण करवाया था ठीक है ना साथियों गुनतीसवा प्रश्न है किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया किस देवी को साथियों मांस का भोग कभी नहीं लगाया गया ऑप्शन शिला देवी कैला देवी ए वे भी दोनों या इनमें से कोई नहीं तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केला देवी को कभी मास्क का भोग नहीं लगाया गया ठीक है ना साथियों याद रखना इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो साथियों आपका आखिरी एवं तीसरा प्रश्न है आईजी माता किसकी कुल देवी है आईजी माता किसकी कुल है ऑप्शन शेखावत वंश चौहानवंश सिरवी जाति के क्षत्रिय या राठौड़ राज तो साथियों इसका सैअर है ऑप्शन सी आई जी माता दोस्तों सिरवी जाति के क्षत्रिय हैं उनकी कुलदेवी है ठीक है ना साथियों याद रखना वीडियो बस यहीं तक यदि यह आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेलाइकन को भी दबा लें जिससे कि जब भी हम कोई राजस्थान जी और बी एस टी सी से रिलेटेड कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए साथियों धन्यवाद